गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल एंड माई चैनल नैम इज क्रेसी क्यूट गर्ल्स सो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आपकी फ्रेंड्स फैमिली के साथ और ये गर्ल्स काफ़ी सारी गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और आज मैं आपको रिव्यू देने जा रही हूँ इसका स्टिक क्विक का लिपस्टिक का रिव्यू है ये बुलेट लिपस्टिक है तो इसमें काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल हैं ये हाँ, काफ़ी अच्छी है ये लिपस्टिक तो यू कैन गो एंड बाई दिस लिपस्टिक फ्राम पर्पल सो ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में होती है इससे कुछ ऐसा सा ओपन करेंगे तो इसमें से काफ़ी सारे टिनी मिनी से शेड्स निकल जाएंगे इस तरीके से सो so, इन शेड्स को हम ट्राई करेंगे मैं आपको बताऊंगी ये काफ़ी अच्छी हैं बट अगर ये डेली लाइफ में अगर जो गर्ल्स बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाती हैं तो उनके लिए थोड़ी सी कम पड़ सकती हैं बट अगर इतना कोई यूज़ नहीं करती है और यूज़ नहीं करती अगर वो ज़्यादा तो उसे जरूर लेना चाहिए इसमें काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल हैं और ये इसमें टोटल ट्वेल्व लिपस्टिक्स आती हैं तो आप बाई कर सकते हैं इनको सो so, बिना समय गवाए लेट गेट स्टार्ट द वीट सो इन्हें कुछ इस तरीके से ओपन किया है मैंने अब हम हर एक ये रेड रेड भी हैं और इनमें पिंक भी है और काफ़ी एक दो न्यूट शेड भी हैं काफ़ी डार्क भी है सो मैं इन सब के आपको वॉचेस दे दूँगी ठीक है लिप्स पे दे देती हूँ इनके वॉचेस तो आपको भी इजी हो जाएगा कि ये कैसी सी लगती है इनकी तो ये काफ़ी पिगमेंटेड है ऐसी नहीं है कि आपके मतलब लिप्स को बिल्कुल ड्राई कर देंगी या फिर पैचेज से दिखाएगी ऐसी नहीं है तो आप यू कैन गो एंड बाई दिस ये आपको पर्पल से मिल जाएगी आ, बुलेट लिपस्टिक्स हैं ये इनमें भी काफ़ी सारे शेड्स होते हैं ये ये किट टेन है इसका क्या है नंबर इसमें किट अलग अलग आते हैं इनमें भी दो तीन रेंज होती हैं तो उनमें से आपको जो भी चाहिए हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये है मेरे पास सो अब इसके मैं आपको लिप्स वॉचेस दूँगी है न सो स्टार्ट सबसे फर्स्ट हम इधर से स्टार्ट करते हैं रेड से तो ये मैंने अपनी जो मेबलिन की जो लिपस्टिक थी उसे रिमूव कर लिया है अब हम ट्राई करेंगे इस साली शेड को So, ये देखिए इस ये काफ़ी चेरी सा इफेक्ट दे रहा है काफ़ी अच्छी है ये ऐसे ही मैं आपको सारी लिपस्टिक के वचेस दूंगी ओके okay? लिप्स पे ही सो so, नेक्स्ट सो डेड सेट का ये था मेरा बुलेट लिपस्टिक का रिव्यू ये काफ़ी अच्छी हैं और इनमें काफ़ी सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे तो ईज़िली अवेलेबल हैं पर्पल पे सो आप यू कैन बाय एंड अगर ये ज़रा सी भी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को ज़ोरदार वाला दबा दीजिए अच्छे से उसको सिर्फ देख देख के मत चाहिए ना व्यूज़ तो आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं आते हैं प्लीज़ so, सब्सक्राइब कर दे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो प्लीज़